सुबह सुबह मैं ये क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? तो घर में पढ़ाई किया करो मुझे कोई बताएगा कि तुम्हारे मार्क्स दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहे हैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ना होगा ताकि तुम एक अच्छी से नीचे समझ गए अद्भुत यहाँ पे भी अद्भुत लोग हैं, कितने तेजस्वी आदमी लोग हैं, क्या तुम लोग को पढ़ाई करने का कर। तेजस्वी लोग है हमारे पास